क्या खा रहा हूँ पोहा भाई पोहा खा रहा कहाँ का पोहा खा रहा हूँ डोडी का पोहा खा रहा डोडी का पोहा खा रहा तो कैसा लगा तो <laughs> मजा नींबू मिला कि नहीं मिला काम है ना? तो नही खाना खाना आशीष ने ले लिए पल्स आशीष को हो रही थी बोमेटिंग और को भी हो रही थी बोमेटिंग। ने ले लिए दस दस पल्स लोग आएनारा तो लो पान अरविंद और हम पान खाएंगे और हमने ये मीठी सुपारी भी दे दी है ये हिस्सेदारी चल रही है तो ज़्यादा लेगा लेगा? <laughs> कम कम कम। हम लोग निकल चुके हैं डोडी से बच्चे नोए दो घंटे तो तो तो का रास्ता है बस में भाई। तो तो को है है? के जो हमारी आवाज़ आ रही बोलना ना, ना देखो हाँ की की जगह नहीं मिल हाँ जाएंगे आम वाला है। है <laughs> <जो फिरुण। laughs> <दो फिरुण। laughs> आ गया है तीसरा टोल यहाँ भी सन सन धनाधन स्कैन हो जाएगा लगेंगे सड़सठ रुपये तुम्हारे वो तुम्हारी सड़सठ रुपया बहुत सारा पैसा लगेगा यहाँ तो और <laughs> भोरा सा टोल प्लाजा अरे यहां भी वही चिरकुटों वाली प्रॉब्लम बट नो प्रॉब्लम निकल गई आशीष भाई बैठे हैं लगता है इनको वॉमिटिंग आने वाली है पर <laughs> बैठे हैं ऐसे ही होगा कहाँ चला गया आशीष तो हो गया हल्का <laughs> दोड़ी पे हल्का हो गया अपन पहुंचने वाले हैं देवास कितने किलोमीटर है सोलह किलोमीटर किलोमीटर है भैया आशीष अभी तो बढ़ाओ उज्जैन अब पता नहीं पचहत्तर हुआ है अच्छी इस पवन ऊर्जा ऊर्जा ही ऊर्जा लाइयो भी है हां तो क्या बताऊं बिजली बनती है हां ना है बनती है यार यहां पे बाढ़ देखा क्या सनन सनन आ रही थी उल्टी तो आशीष कड़ाओगे कहीं मैं उल्टी ना कर <स्थी> तो उल्टी उल्टी <laughs> लूडा खेलता सामने और मैं भी लोग दुख न लग निकालू क्या क्या निकालना देख देवास आ चुका है अब में बता <laughs> Oh. बना रहे हैं। बाया ना दीदी यार। बना निवास। ऐसा पेट्रोल का कर <laughs> पेट्रोल का पूरा खर्चा आशीष भाई रहे हैं। जवान सॉरी इसकी के रुक गए हम लोग आ गए हैं देवास गया है? तो <laughs> है देवास का देवी माता का मंदिर भगवान यहाँ से बढ़ेंगे राइट लेफ्ट में है दो बाईपास होल्डिंग ही हटा दी है यार तो चलना हाँ जाने दो 40 किलोमीटर हम देवा देवास राइटीधा ये इधर इंदौर है इधर से लेफ्ट राइट में वो है ना देवी जी का मंदिर है न चलेगा फ्री हो जाएंगे वहाँ से जल्दी चले, चले। तो चल देंगे और चली जाएगी ना नहीं गाड़ी में जा। आप जाना सब याद पाया को बता रहा था मैंने उसको हाथ दिया पहचान ही नहीं पाया फिर उसके पास गया मैंने तो भूल गया लेकिन शंभू भाई कहीं नहीं मिल जाता अच्छे से बात करता है भूलता है be <laughs> एनर्जी उल्टी हो तो गई उल्टी हो गई है आवाया वो रेलवे क्रॉसिंग वाला यहाँ लगता था पहले बहुत जाम अरुण कुछ भी कहो कैमरे की क्वालिटी है ना 108 मेगापिक्सल आठ भरपूर यूज हो रहा है तो देख, नया ब्रिज ऐसा देवास चला गया अंदर सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट सस्ता दिखाऊ का आपकेला खड़ा करके रखा नहीं लगेगा अब यहाँ से टाइम भाई क्योंकि अब उन्हाँ से सिंगल रे है और